आज ही शादी करनी है लड़की और उसके घर वालों को भेज दो <laughs> आ रही है लड़की लेकिन लड़की भिखारी खानदान की है भीख मांगती है मेरी शादी होगी मेरी शादी होगी <laughs> मेरी शादी होगी <laughs> लड़की के घर वाले आए तो चाय पानी खाना पूछ लेना ये नहीं बस शादी करनी है शादी करनी है नमस्ते पंडित ने भेजा है इसकी शादी करनी है ये मेरी बेटी मैं इसका बाप ऊपर वाले के नाम ऐसी कुछ दे दे भिखारी दुआ लगेगी